नमस्कार इस वीडियो में आप जानेंगे कि अल्टिमा फार्म और अल्टिमा मिंटर क्या होता है जब माइनर्स दुनिया भर की माइनिंग के लिए एक अधिक आशा जनक कॉइन की खोज बिजली के बढ़ते बिल और एक नए सुपर शक्तिशाली वीडियो कार्ड की खोज से हैरान थे। बीएलसी अल्टिमा के रचनाकारों ने एक वास्तविक सफलता हासिल की और सीधे स्मार्टफोन आरोप कॉइन माइनिंग करने की एक विधि को लागू किया ये मिंटिंग ब्लॉक टेक्नोलॉजी और हमारे दो प्रोडक्ट यानी अल्टिमा फार्म और अल्टिमा मिन्टर के सफल संयोजन से संभव हुआ है आइए उनमें से प्रत्येक पर करीब से नजर डालें। मेटिंग ब्लॉकचेन पर नए कॉइन की माइनिंग की प्रक्रिया है कुल मिलाकर ये क्रिप्टोकरेंसी की एक निश्चित राशि को ब्लॉक करने और उसके लिए एक प्राइस प्राप्त करने का ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है अल्टीमा फॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके पी एल कॉइन माइनिंग करने वाली एक एप्लीकेशन है जो आपको आपके फॉर्म वॉलेट में कॉइन को फ्रीज करके मुनाफा कमाने की अनुमति देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक साल की अवधि में कॉइन की अनुमति देते हैं जिससे ऑपरेशन के पूरे जीवन में निरंतर माइनिंग सुनिश्चित होती है प्रोडक्शन क्षमता मार्केट की स्थितियों और उस अवधि पर निर्भर करती हैं, जिस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो अल्टीमा मिंटर एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो एक फॉर्म को मेन्टिंग कॉइन तक पहुंचने की अनुमति देता है क्योंकि माइनिंग के लिए कॉइन की संख्या और नए कॉइन को माइन करने वाले यूजर्स की संख्या सख्ती से सीमित होती है इसलिए डिजिटल सर्टिफिकेट का भुगतान किया जाता है फॉर्म पर ब्लॉक करने के लिए उपलब्ध कॉइन की संख्या अल्टिमा मेन्टर की कैटेगरी आरोप निर्भर करती है अब आइए जाने की नए कॉइन के माइनिंग की प्रक्रिया कैसे होती है माइनिंग शुरू करने के लिए आपको दो मुफ्त एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने होंगे अल्टीमा फॉर्म यानी यह होल्डिंग के लिए एक फॉर्म है और अल्टीमा वॉलेट ये नए कॉइन के लिए एक वॉलेट है आपको अल्टीमा सर्टिफिकेट के मुफ्त रजिस्ट्रेशन और भुगतान के बाद फॉर्म को कॉइन से लोड करना होगा कॉइन की एक निश्चित संख्या को ब्लॉक करना होगा और माइनिंग के बटन पर क्लिक करना होगा फॉर्म पर मुरू करने के बाद आप अपने मेन वॉलेट में एक साल के लिए बराबर भागो में नए कॉइन प्राप्त करेंगे हमारी टेक्नोलॉजी पहले से ही ब्लॉकचेन पर फायदे कमाने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों के सपने को साकार करने में कामयाब रही है माइनिंग किए गए कॉइन को आसानी से खर्च किया जा सकता है ट्रांसफर किया जा सकता है होल्ड करना जारी रखा जा सकता है और अन्य लेनदेन जल्दी और सुरक्षित रूप से किए जा सकते हैं यूजर अपने कॉइन का एकमात्र मालिक होता है और केवल वो वॉलेट तक पहुँच बहाल करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी जमा करता है इसलिए फॉर्म आरोप और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आरोप अपने फंड को सुरक्षित करने के निर्देशों को पढ़ना सुनिश्चित करें